नमस्कार आदाब सचाल जय भीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार कांग्रेस अध्यक्ष बनते बनते रह गए केरल के सांसद शशि थरूर ने भविष्यवाणी कर डाली है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जलवा काम नहीं करने वाला जिन राज्यों में भाजपा ने कमाल किया था वहां उसके लिए 2019 जैसा प्रदर्शन करना असंभव होगा वो यहां तक भविष्यवाणी करना है कि मुमकिन है भाजपा सरकार बनाने से भी रह जाए अब शशि थरूर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं किस आधार पर कर रहे हैं और यह कहने के लिए दिल्ली की बजाय दक्षिण भारत को क्यों चुना यह अपने आप में एक सवाल है देखिए कि थरूर केरल साहित्य महोत्सव में भाग लेने के लिए तिरुवनंतपुरम गए हुए थे वहीं उन्होंने कहा कि अगले आम चुनाव में भाजपा अपनी मौजूदा पचास सीटें हार सकती है पहले ही भाजपा कई राज्यों में सत्ता गवा चुकी है अब लोकसभा चुनाव में भी भाजपा बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी ये भी असंभव नहीं है कि 2024 में बीजेपी सरकार बना ही पाए शशि थरूर ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चाहे जितना अच्छा प्रदर्शन किया हो लेकिन अब इसे दोहराना उसके लिए संभव नहीं है थरूर ने कहा कि हरियाणा गुजरात राजस्थान बिहार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था पश्चिम बंगाल में भी पार्टी ने 18 सीटें जीती थी थरूर ने डंके की चोट पर कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत भी हासिल नहीं कर पाएगी 2024 में भाजपा का पूरा भविष्य उसके साझेदारों पर टिक गया है लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है तमाम साझेदार तो अलग ही हो चुके हैं जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग हो चुकी है पंजाब में अकाली दल अलग हो चुका है बिहार में जेडीयू अलग हो चुका है उपेंद्र कुशवाहा साथ छोड़ चुके हैं चिराग पासवान साथ छोड़ चुके हैं तो क्या भाजपा की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वह दो में मझधार में फंस सकती है थरूर ने इसका भी जवाब दिया उन्होंने कहा कि देखिए दो के चुनाव से तुरंत पहले पुलवामा और बालाकोट हमलों ने बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इसलिए भाजपा को कम से कम 50 सीटों का नुकसान तय मानिए लेकिन भाजपा का नुकसान इसलिए और बड़ा हो जाएगा कि इसका फायदा विपक्षी दलों को मिलेगा आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने पांच में से तीन सीटें जीत ली थी जबकि कांग्रेस ने केवल बावन सीटों पर जीत दर्ज की थी अब सवाल है कि भाजपा के नुकसान के पीछे कांग्रेस का हाथ कितना होगा क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ फायदा उसको मिलेगा क्या उनके ऊपर से वंशवादी होने का आरोप मिट जाएगा इस पर थरूर ने कहा कि लोकतंत्र में वंशवाद एक बड़ी चुनौती है यह सच है लेकिन कांग्रेस पर आरोप लगाने वालों को पहले अपनी पार्टी देखनी चाहिए हर पार्टी में वंशवाद की राजनीति हो रही है यूपी में पूर्व सीएम दिवंगत मुलायम सिंह यादव से लेकर बिहार में लालू प्रसाद यादव करुणा करुणानिधि बाल ठाकरे जैसे तमाम राजनेताओं के बेटे या भतीजे आज उनकी पार्टी के उत्तराधिकारी हैं इसके लिए अकेले कांग्रेस की आलोचना करना तर्कसंगत नहीं है देखिए कि शशि थरूर एक ऐसे नेता हैं जो बिना तर्क के कोई बात नहीं करते उन्हें डींगे हाँकना भी नहीं आता ना ही वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरह पार्टी की नीतियों को लेकर हर बात पर हा में हाही मिलाते हैं उन्होंने कई मौकों पर अपनी पार्टी कांग्रेस की जबरदस्त आलोचना की है खासकर जब अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने बाकायदा धांधली के आरोप लगा डाले थे ऐसे थरूर अगर कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा सत्ता से बाहर हो सकती है वो 50 से ज्यादा सीटें हार जाएगी उसके साझेदारों की स्थिति ठीक नहीं है तो इसे हवा में नहीं उड़ाया जा सकता इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए बेल आइकॉन दबाइए घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल इसको भी जरूर फॉलो कर लीजिए मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट आप चाहें तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं नमस्कार